बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हमेशा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं इस बार उन्होंने अफसरों पर निशाना साधते हुए कहा है कि अफसर शाही के मध्य प्रदेश में बुरे दिन चल रहे हैं बीजेपी महासचिव कैलाश विजय ने एक आयोजन में अफसरों पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि इंदौर को नंबर वन बनाने में इंदौर की जनता का हाथ है न की अधिकारियों का ज्यादा अफसरों की तारीफ मत करो अगर अधिकारियों में इतना दम होता तो यहाँ के कलेक्टर उज्जैन गए थे उसे नंबर वन बना पाए क्या इंदौर नंबर वन बना है तो इंदौर की जनता के कारण और उनका सम्मान कीजिए पत्रकार तो जी से भी बैठे हुए यहाँ पर मुझे मालूम नहीं कि मैं बहुत तहजीब बात बोल रहा हूँ तो बहुत जरूरी है इनको बोलना चाहिए क्योंकि मेरे अलावा और किसी ने ताकत के लिए कुछ बोले ज्यादा अधिकारी सुन करम्बर वन बनाया तो इंदौर की जनता चाहिए आप जनता को श्रेणी तो देते अधिकारी को श्रेणी अरे अधिकारी अधिकारी यहाँ के कलेक्टर उज्जेल गए थे उज्जैन को तो खुश बना पाया गया अभी वर्तमान में कलेक्टर थे जिनको अविताशन जो सम्मानित किया था वो जेल गए